जो श्याम का दर्शन किया करे है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे ऐसी जो प्रभु चरण में वंदन किया करे अर्पण किया करे बेकार वो मुख है बेकार वो मुख है जो रहे गर्थ बात मुख बो है जो हरिणाम का सुमिरं किया करे हीरे मोती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 ऐसी शिली लगन ऐसी लागिन लगन रे लगन ऐसी रे लगन। ऐसी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी ला लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुण गाने नहीं। हो गई मगन पोतो गली गली गली गली गरी गंगा <गगगा> कोई रोके नहीं नहीं को नहीं कोई, कोई टो के गोविंद गोपाल गाने लगी पटी संतों के संग रंग मो के रंग मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी पठी संतों के संग मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी वो तो गली गली हरी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली राणा ने विष किया मानो अमृत पिया राणा ने विश दिया मानो अमृत पिया मेरा सागर में सरिता समान दुखला सहे मुख से गोविंद कहे मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे दुख को सहे मुख से गोविंद कहे मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे वो तो गली गली लगन मेरा वो कहीं मगन वो तो गली गली गई में पली जोगन चली